हेलो फ्रेंड्स तो कैसे हैं आप सब दोस्तों आज हम आपको दिखाएंगे कुछ ऐसे रसमई और दौरान वीडियो जिसे देखते ही आपके रंग के खड़े हो जाएंगे लेकिन दोस्तों उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है अगर आप इस चैनल पर पहली बार आएँ तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए तो दोस्तों चलते हैं वीडियो क्यों YouTube चैनल फोर्थवाल ने इस वीडियो को पोस्ट किया है इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि वो एक कब्रिस्तान में गए होते हैं और वहाँ पर खोजबीन कर रहे होते हैं लेकिन उनके कैमरे में कई चीज़ें कैप्चर भी होती हैं और वो अपने कैमरे में रिकॉर्ड भी करते हैं लेकिन उनके साथ आगे जो कुछ भी होने वाला है उसे देख आपके रोंगते खड़े होने वाले हैं तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा उनके कैमरे में किसी की छवि कैप्चर होती है जो कि कब्रिस्तान के बीचों बीच घूमती हुई नजर आ रही है वो देखने पर इंसान लगती है लेकिन वो इंसान है नहीं पर इनसे परे जब वो उस कब्रिस्तान में जाकर एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं तो उनके साथ आगे जो कुछ भी होने वाला है उसे आप जरूर ध्यान से देखिएगा क्योंकि उसके बाद इनके साथ क्या होता है उसे आप देखिए जब वो अपना कैमरा लेकर इस कब्रिस्तान को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं कि तभी उनके कैमरे में एक ऐसी परछाई कैप्चर होती है जो कि उन्हें देख रहे होती है लेकिन दोबारा जब उसी जगह पर वो कैमरा लेकर जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर कोई नहीं दिखता पर उन्हें लगता है कि ये कोई मेरा वाहम होगा लेकिन जब वो दोबारा उनके कैमरे में कैप्चर होती तो वहाँ से भाग खड़े होते हैं अगर आप इस वीडियो को पूरा देखना चाहते हैं तो आप इनके चैनल को विजिट कर सकते हैं और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कॉमेंट पर हमें ज़रूर बताइए इस वीडियो में जो आप देखने वाले हैं या इस वीडियो में होने वाला इससे पहले शायद आपने कभी नहीं देखा होगा और आप इस वीडियो को देखने के बाद आप यकीन कर बैठेंगे कि हाँ सच में भूत होते हैं तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखेगा क्या आपने देखा ये लड़का जैसे ही आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो इसे कोई धक्का देता है लेकिन वहाँ पर और कोई भी नहीं था तो क्या लगता है आपको जिसके बारे में हम सोच रहे हैं ये वही है या फिर ये कुछ और ही है इसके बारे में आपकी क्या राय आपकाउट पर हमें ज़रूर बताइए इंस्टाग्राम यूजर शरेशर ने इस वीडियो को पोस्ट किया है इस वीडियो में आप देखेंगे कि एक शाम वो घर में अपनी अकेली होती हैं और इनका जो छोटा बच्चा होता है वो दो घंटे से रो रहा होता है लेकिन ये जब उसे कैमरे में देखती हैं तो इनकी बच्चे के साथ कुछ ऐसी घटनाएं होती है जो कैमरे में कैप्चर हो जाती है तो आप क्या आपने देखा इनके घर में एक ऐसी परछाई है जो कि हु छोटे बच्चों की तरह दिखाई देती है और वो इनके घर में घूमते ही नजर आ रही है लेकिन इस वीडियो के बारे में जब इनसे पूछा गया तो इनका तो यही कहना था कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता तो क्या लगता है आपको ये रियल है या फिर इसे बनाया गया है इसके पर आपकी क्या राय आप हॉन्ट में हमें जरूर बताइए ये वीडियो हॉन्टेड नहीं लेकिन इस वीडियो में जिस चीज को आप देखने वाले हैं वो जरूर हॉन्टेड है मेक्सिकन रैपर कैंटल कैंटेल दि के म्यूजिक एल्बम में कुछ ऐसी चीजें दिखाई दी जिससे देख आपके रंगते खड़े हो जाएंगे क्या आपने देखा इनके गानों के बीचों बीच एक ऐसा क्रिएचर है जो कि देखने पर काफ़ी अजीब और दोनों भी है लेकिन वो थोड़े ही मिनट के बाद ही अचानक से दया भी हो जाता है और जब इस एल्बम को पब्लिश किया गया तो व्यूअर्स के अलग अलग रहा थे किसी ने कहा कि इसे पब्लिश सिस्टेंट के लिए बनाया गया है तो किसी ने कहा कि ये रियल है लेकिन इस वीडियो के ऊपर आपकी क्या रहा है आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए इंडियन यूट्यूबर मदर जैक्सन ने इस वीडियो को पोस्ट किया है वो एक ऐसे घर को एक्सप्लोर करने के लिए जाते हैं जो कि जंगल के बीचों बीच है लेकिन उनके साथ जो भी कुछ पैनामा घटनाएं है होती हैं वो कैमरे में कैप्चर होती हैं तो आप इस वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा अगर आप इस वीडियो को पूरा देखना चाहते हैं तो आप इनके चैनल को विजिट कर सकते हैं लेकिन ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कॉन्ट में हमें ज़रूर बताइए YouTube चैनल लव टू इन्वेस्टिकेस इन्होंने इस वीडियो को पोस्ट किया है इनके चैनल पर अगर आप विजिट करेंगे तो आप कई सारे पैरामा वीडियो देख सकते हैं लेकिन ये साउथ यूके में बने एक ऐसे हॉस्पिटल को एक्सप्लोर करती हैं जिसके बारे में कई सारी अफवाहें हैं और ये वहाँ पर जाती तो अकेली है लेकिन इनके कैनल में कुछ ऐसी पैरानामा घटनाएँ कैप्चर होती है जिसे देख आपके होश सुनने वाले हैं तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा मैं जब ये बातें कर रही होती हैं तभी इनके कैमरे में एक ऐसी चीज़ कैप्चर होती है जो कि देखने पर रहस्यमयी और दौड़ने भी है लेकिन इसके बारे में जब इनसे पूछा गया तो इनका तो ये कहना था कि मैं तो वहाँ पर अकेली थी फिर ये है कौन क्या आपको लगता है ये वही चीज़ है जिसके बारे में हम सोच रहे हैं अगर हाँ तो काउंट में आप हमें ज़रूर बताइए ये वीडियो हाल ही का है और इस वीडियो को टिकटॉक पर पब्लिश किया गया था इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि ये नज़ारा एक हॉस्पिटल का दिखाई दे रहा है लेकिन जो इसे कैप्चर कर रहा होता है उसके कैमरे में कुछ और भी होता है जिसे आप जरूर ध्यान से देखिए यह एक इमेज है और इस इमेज में आप देख सकते हैं कि एक छोटा बच्चा है जो कि खेलते हुआ नजर आ रहा है लेकिन इस इमेज के पीछे कोई और भी है उसे आप ध्यान से देखिए इस इमेज में जिस हाथ को आप देख रहे हैं वो देखने पर काफी डरावना है लेकिन जिस इमेज के जो ऑनर हैं उनसे जब इस इमेज के बारे में पूछा गया तो उनका ये कहना था कि ये शायद इसके दादी का हाथ होगा जो कि इससे बहुत प्यार करती थी लेकिन इस इमेज के ऊपर आपकी क्या रहा है आप कॉमेंट में हमें जरूर बताइए यह एक वीडियो है और इस वीडियो की क्वालिटी देखने पर ऐसा लगता है कि ये वीडियो काफ़ी पुराना है लेकिन इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो कि किसी का बात ध्यान से सुन रहे हैं लेकिन उन सब में से एक ऐसी चीज़ भी है जो कि इनसे बिल्कुल ही अलग है उसे आप ध्यान से देखिए इस वीडियो को देखकर इस वीडियो के ऊपर आपकी क्या राय है क्या लगता है आपको क्या ये रियल है या फिर फेक लेकिन मुझे लगता है कि ये रियल है क्योंकि इस वीडियो की क्वालिटी देखकर ऐसा लग रहा है कि इसे एडिट नहीं किया जा सकता लेकिन फिर भी इस वीडियो के ऊपर आपकी क्या राय है आप काम पर हमें जरूर बताइए दोस्तों काउंट पर आप हमें ये बताइए कि आपको वीडियो का पार्ट कौन सा अच्छा लगा दोस्तों आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएँ तो गुड दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे एक बार फिर